फाइनल निकाय इतनी देर बाद बरमुंडा मैप आ चुका है हम यहाँ पे उतरते हैं माँ सिलेक्ट्रिक पे और फिर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि थोड़ा बहुत योगदान समाज सेवा में हम भी कर सकते हैं हमारी कर्म भूमि और हम इसमें कर्म करने जा रहे हैं रिप्लाई मैप में वो स्कैनर में तो हमको नहीं दिख रहा था था। तो करते जल्दी मिल जाएगा और मिला तो लेटेस्ट न्यूज कहलाएगी ये तो टोकन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे सोलह अच्छे स्क्वाड में हम एक किल भी कर लेंगे तो भैया घर बहुत बात से खुशी होगी हर जगह यही मिल रही है यार शॉर्ट में कुछ ढंका मिल तो इधर रिवाइव हो रहा है गाई चलो चलते हैं आगे हो गया भैया तो इसकी ही सासु मैया बंदा कहाँ है गिर रहा है एक बंदा मिल जाए और मिल जाए लगता है इसने वो रिवाइव करने वाले को मार दिया और ये हमको भी मार देगा अबे हम भी मर गए उचा अरे यार भाई इनके खूफिया जासूस कमाई नहीं होते